पैंसल में हरल चाइल्ड हुड की टाइम ऐसी हूँ बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे थोड़ा अब कुरल शिमला नहीं तुम्हारी जैसा दोस्त तो कभी खोना नहीं मेरी उम्र पैंसल में हूँ शिनचैन हरल, हायरल चाइल्ड की टाइम ऐसी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ चुना की सब्जी खाओ गई मम डिस्काउंट की बहुत शॉपिंग करती हैं। जिराज की